भारत की नारी जब उसको लड़का दिखाते हैं ना तो उससे पूछते हैं ना लड़का जम गया क्या तो वही थोड़ी कहती है हाँ। ऐसे जमता है भारत में वैसे अमेरिका में जमता है आ, या ओके भारत में ऐसे नहीं भारत में शर्म है रे अभी हया है मां बाप से अब बदल रहा है जमाना साला मां बाप कंफ्यूज हो जाते हैं हा कर रही थी कि ना कर रही थी पहले बता तू समझा के चित्र तरह बॉडी लैंग्वेज